बाबा जी सवाल पूछो यहीं पूछोगे कि खेतों में ले चलूं जी नहीं यहीं पे पूछूंगी पूछो पूछो ये प्यार इश्क मोहब्बत क्या चीज होती है कुछ नहीं पगली ये सब अमीरों के फ्री में मजे लेने के चौथ